हमारे समाज की एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जिसके खतरनाक परिणाम आज आप सबको झेलने पड़ रहे हैं और आगे भी शायद झेलेंगे ये समस्या है फेक न्यूज की फेक न्यूज की वजह से कई जगहों पर दंगे हो चुके हैं होते रहते हैं फेक न्यूज से किसी बड़ी हस्ती के निधन के बारे में झूठी खबर अक्सर फैला दी जाती है फेक न्यूज की वजह से दो देश कई बार युद्ध के करीब पहुंच जाते हैं कोई फेक न्यूज एक ही समय में लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती है इसलिए हल्के में बिल्कुल मत लीजिए फेक न्यूज आज उतनी ही बड़ी है जितना एक एटम बॉम्ब हो सकता है इसलिए आज फेक न्यूज के न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करेंगे नजर मिला वही है हाल हमारा जो हो गुनाह के बाद